हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम टेक्निकल में स्वागत है दोस्तों हम आपको कोयर ड्रा में आज बताने जा रहे हैं कि कि कोयर ड्रा में आलेखन कैसे बनाएँ पिछले वीडियो में आपको बताया था कोयर के थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्रॉपर्टी बार वगैरह टूल्स वगैरह बताया था आज बताएंगे आलेखन कैसे बनाएँ तो आज इस वीडियो में हम आपको आलेखन बना बताएँगे मिनटों में आप आलेखन खूबसूरत सा आलेखन बना सकते हैं तो आइए हम लोग अपने कोर पर चलते हैं ये मैंने अपना कोर ओपन कर लिया है ये मेरा पेज है इसी पेज में हम बनाएंगे अपना आलेखन प्यारा सा यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी पेज आपको लेना हो ओके और आलेखन बनाने के लिए आपको उसमें टूल्स लेना पड़ेगा आपका पड़ता है एलिप्स टूल्स होता है यहाँ आएँगे लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है इसका शॉर्टकट की है सेवन एफ सेवन पर कहेंगे आपका एक टू हो जाएगा तो मैं टू डे कर लेता हूँ उसके बाद मैं अपने पेज में यहाँ से ट्रैक करता हूँ कुछ इस टाइम में ट्रैक कर लिया ओके अपने हिसाब से ट्रैक कर लेंगे ठीक इसके बाद आप इसमें कलर भरेंगे कलर भरने के लिए आप यहाँ से आप कलर कोई भी कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं लेफ़्ट क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं ओके अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो मैं चाहते हैं कि इसमें आप एक साथ दो तीन कलर डालें तो उसके लिए आपको यहाँ पे यहाँ से आप ले सकते हैं कलर आपको यहाँ से सेलेक्ट करने मिल जाएगा फिल टूल पे जाएंगे ये देखिए फिल टूल पे जाएँगे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप कलर डाल सकते हैं फिल कलर इसके शॉर्टकट की एक कंट्रोल सॉरी स्िफ्ट F11 तो यहाँ से आप स्विफ्ट एलेवन एफ प्रेस करके भी कर सकते हैं यहाँ से मैंने किया तो ये क्या गया ओके okay? यहाँ से आप दो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ कस्टम भी जाएंगे। तो आप यहाँ पे आपको दिया हुआ उसके क्या नाम है यहाँ से आप कई कले कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ येल्लो किया हुआ है अगर आप इस पॉइंट पर यहाँ आप दूसरा कोई कलर फिल कर सकते हैं इसे ब्लू कर देंगे इसके बाद यहाँ पे आप जाइए यहाँ पे कोई भी कलर डाल दीजिए वेड कर दीजिए उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कलर डाल सकते हैं ओके ये यह मैंने यहाँ पे चार कलर फिल कर लिया है इसके बाद मैंने इसको ओके किया ओके इसको ओके करते ही आपको यहाँ पर आप करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा इसके लिए आपको पिक टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा पिकटूल आपका ये है यहाँ पे लेफ्ट साइड जो ऊपर वो है सबसे ऊपर टूल है पिक टोल है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस बार स्पेस बार कहेंगे तो पिक टोल सेलेक्ट हो जाएगा ओके तो पिकटूल मैंने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पे इसके बीच में आप देखेंगे ये ये क्रॉस बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये रोटेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ से मैंने इसको रोटेट किया लेफ़्ट को होल्ड करके वाइट right क्लिक किया ओके okay? तो इसको मैंने कर लिया इसके बाद मुझे कंट्रोल आर करना है रिपीट के लिए ओके okay? मैंने कंट्रोल आर कर लिया तो ये कुछ इस तरह से थोड़ा डिजाइन तैयार हो गया है इसके बाद आपको बाहर से पूरा सलेक्ट करना है ओके okay? पूरा सलेक्ट करना है आप पूरा सेलेक्ट करने के कंट्रोल ए बी प्लस यूज कर सकते हैं ऑल सेलेक्ट होता है या आप ड्रैग करके सेट कर लेंगे ओके उसके बाद आपको उसमें से प्रेस करना है कंट्रोल एल लार्ज तो आपका ये कुछ इस तरह से आलेखन हाईलाइट हो जाएगा अगर आपको यहाँ से ऑडलाइन हटानी है इसकी तो ये आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में कलर में एक क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे आप वाइट क्लिक करेंगे यहाँ से इसकी ऑर्डलाइन हट जाएगी या तो आप ऊपर यहाँ जाएँगे यहाँ पे एक आउटलाइन का ऑप्शन बना होगा यहाँ पे जाएंगे इसको आप नन कर देंगे तो यहाँ से भी हट जाएगा तो ये कुछ देखिए हमारा इस तरह से खूबसूरत सा लेखन बनकर तैयार हो गया है इसको आप चाहें तो प्रिंट निकाल लें या इसकी आप इमेज बना लें इमेज बनाने के लिए आपको इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई इम्पोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट हो जाएगी ठीक ई इसे शॉर्टकट किए यहाँ फाइल पर जाएंगे कंट्रोल एक्ट यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ से मैं सेलेक्ट किया तो ये आपका कुछ आ गया है आपको जहाँ फाइल सेव करनी सेव कर सकते हैं यहाँ यहाँ फाइल का नाम डाल देंगे जो भी डालना हो और यहाँ से आपको सेव टाइप करना है यहाँ से आपको बहुत सारे टाइप ऑप्शन मिल लेंगे पी या पी एस हो गया फोटोशॉप के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसमें मैं जे बिड मैप कर दूंगा ओके okay? तो सुबह यहां से सेव से कर देंगे यहां आप बा इसको यहां सेव से कर देंगे यहाँ साइज बढ़ाना चाहें डी बढ़ाना चाहें डी बढ़ा लेंगे ओके okay कर देंगे ओके okay कर देंगे फिनिश कर देंगे ठीक ये आपका एक इमेज तैयार हो गया यहां पे बाहर जाइए डेस्कटॉप पे आपने ये फाइल बनाई ये तो ये देखिए आप कुछ इस तरह से आप लेखन तैयार हो गया है इसका आप पिंड निकाल सकते हैं या बैकग्राउंड लगा बैकग्राउंड लगा देंगे तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर करें और इस कोरोना टाइम में आपको एक बस छोटी सी राय देना चाहते हैं कि आप लोगों से कम से कम मिलें और मास्क लगा के ही बाहर निकलें धन्यवाद